दाम छोड़ी ये मेरी मैं गई दाम छोड़ी मामेरी मेरे वहाँ पर ओ रई जय जय कार प्रेम की गंग हारी वहाँ पर उदकार प्रेम की दाम छोड़ी माँ मेरी मैं गई रे दाम छोड़ी आरे, रही जै जै आरे माँ पौ जय जय कार प्रेम के आरे माँ पौ रई ज जय सत गुरु सत संग कियारी सत गुरु सत सतम में ओई रोम रोम जनकार शरण गई हारी मेरे ओई रोम रोम जने काल साहब की शरण गई दाम छोड़ी मामेरी मै दाम छोड़ी मेरी रे माँ पो रही दार प्रेम आरे माँ पो रही जय जय कार प्रेम आरे संत समा गय ममेरी दुर्लभ क्यारी संत सम दुर्लभ क्यारी मा तो लग रई संतों की लार दर्शन कर खुश होई हारे मा मगर संतों तिलार दर्शन करके री दाम छोड़ी मामी हारे हो रही है माँ पैचा हारे वा पै अखंडी माँ मेरे ओ रही अमरत तणी माँ मेरी ओर आरे वहाँ पर पड़ी अमरत की फुआ आत्मा माँ हारे पर पढ़ थी अमरत की फुहार आत माँ बिगर दाम छोड़ा मानेरी मै गैरी दाम हरे माँ बो ज प्रेम की गरीब दास की मामेरी मेरी माँ स्वामी बंदी छोड़ की कि मामेरी आरे उनके लीला है अपार मुख से ना करी गई आरे उनके लीला है अपर पार मुख से ना कही गई छोडा नी मेरी मैं गई इम छोलाणी मामे मै गये गोलाणी मा हरे वा पे रही जय जयकार प्रेम हरे वा ओ गौ चरावण मामेरी सायब गई गौ मेरी साय गईर हरे वहाँ पर मिल कबीर कर तार नाम दे कर बढ़ती आरे वा कबीर कीर तारे दर्शन देख भक्ति गई दाम छोड़ी मामेरी दाम छोड़ी मेरी मैं गई, गई।, गई। आरे वा पे गई ज प्रीम की प्री में की गंगाई हरे माम अर जन सरजन मामरी वा गई अरजन सरजन वहाँ गयेरी हे रे उनका होया छोड़िए मैं उतार आत्म कल्याण की बात लयरी अरे उनका होया छोडिय मैं उतार आतम कल्याण बात लयरि का मैं छोटारी माँ मैं छोटारी माँ गय पो दही गारे की darai mari haro raina ta harim ji darai nayoge swar ima meri wangai nayoge मेरी वहाँ गेरी हरे वहां पर गई मस्त नाथ कर बेचा साब का दम सही हरे वहां पर गई मस्त नाथ कर बेचार का दाम सरी दाम छोड़ी आरे वहाँ पर जय जयकार प्रेम की। आए माता हो रई गंगी बे मेरी मई गंगा जी बे मे री हरे हरी लिए सत गुरु चरण जुआार रानी माँ की पजरई रही हरे लिए सत गुरु चरण जुआार रानी माँ की पजर दाम छोड़ ए मेरी मैं मै गैरी दाम छोड़ आरे माँ पै जयकार प्रेम गंगा भय हरे harikan par prem ki sasaji daldas bhi mam meri va gayri daldas bhi ye mam meri va gayri एरे दिन संग चल संतों के लार जावण में आड़ नहीं दिन संग चल थी संतों के लार जावण में आड़ नई राम छोड़ी मामरी मैं गयेरी दो मै गई हरे वा हो रही। जै जै की गंगा भैरी हरे वा भरो मा मेरी रे बोरी आरी बा गई हारे जिसने मोर ताजवाम तेनाई माल काल की पाड़ी बई हारे जिसने मोर का जवाब तेना का की पड़ी गैरी दाम छोड़ी माम राम छोड़ी मामी मारे व्य की गंगा हारे माँ बो रही जय जय कार प्रेम की आथ जोड़ के मामली मैं कपूरी आठ जोड़ के मामेरी मैं कपूरी तमी चालो से उमरिया गई आरे चंद चालो से परिवार उमरिया गदरई गोडी ममरी मई दाम छोड़ी मामी hai hare ma payo rahi dar karan primay ke hi ganga hai re hare ma payo rahi dar karan दा दा रामपाल दास भी मामेरी वहाँ गया राम पाल दास बी माँ मेरी वहाँ हारी माँ का मेले राम देवानंद संत शरण दार नाम देखल हारी माँ का मेल रामदेवानंद संत शरण की दिखल री दाम छोड़ी मै गई दाम छोड़ी अरे वहाँ पे उ जय जय तार गंगा सत साहेब सब्सक्राइब करे हमारे यूट्यूब चैनल को सत